आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑल ड्राइवर अपडेटर फ्री डाउनलोड ये सर्च करते ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा एक लिंक आएगा डिवाइस डॉक्टर फ्री डाउनलोड अपडेटर तो इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपकी एक नई वेब पेज खुल जाएगी वेब पेज खुलते ही आप ऊपर देख सकते हैं सामने होम के साइड में डाउनलोड का ऑप्शन इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आप नीचे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन दे रखा है डाउनलोड डिवाइस डॉक्टर इस पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते ही आपका सेव का ऑप्शन आ जाता है इस फाइल को आपको सेव कर लेना है ये खाली छः एम का सॉफ्टवेयर है तुरंत तो डाउनलोड हो जाता है डाउनलोड करते ही आपको रन बटन पे क्लिक कर देना है जिससे आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल कर लेते हैं इंस्टॉल इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे ये बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है तो जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है ज़्यादा टाइम नहीं लेता है हमारा ये सॉफ्टवेयर ये मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है ये ऑटोमेटिकली अपना स्कैन करने लग देता है हमारा और जितने भी हमारे ड्राइवर हैं ये सबको स्कैन कर लेता है स्कैन करने के बाद जितने भी उसमें से हमारे आउटडेटेड ड्राइवर्स होते हैं उसको ये शो करता है तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरा ये स्कैन हो रहा है तो स्कैन कम्प्लीट होता ही आप देख सकते हैं एक इसने स्कैन किया जिसमें से उन्नीस ड्राइवर इसने फाउंड करे हैं जो कि आउटडेटेड हैं एक ड्राइवर में से और इसको अभी हमें क्या करना है नीचे नो नो बटन पे क्लिक कर देना है हमें रजिस्टर नहीं करना है ड्राव डिवाइस डॉक्टर को तो नो बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे कि मेरे को ओडो ड्राइवर को इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ व्यू एंड अपडेट पे क्लिक करूँगा ठीक है और फिक्स ऑल पे नहीं करना है आपको सिर्फ़ व्यू एंड अपडेट पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर तो कंफर्मेशन मांग रहा है डाउनलोड करने के लिए तो आपको ओके करके डाउनलोड कर देना है यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग इस्ट हो जाएगा तो जैसे कि मेरा ये आप देख सकते हैं आप डाउनलोडिंग इस्टार्ट हो चुका है और नीचे देख सकते हैं आप कितने सारे मेरे अभी आउटडेटेड ड्राइवर हैं जिसको मैं अपडेट करना है तो मेरे को जिसको अपडेट करना है खाली मैं उसी को अपडेट करूँगा सभी सॉफ्टवेयर को मैं अपडेट नहीं करूँगा तो यहाँ पे मेरा डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों अब मेरे को इसको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इंस्टॉलेशन मेरा चालू हो चुका है ये दो से तीन मिनट का टाइम लगता है इंस्टॉल होने में और यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों इसके बाद आपको कंप्यूटर को करना है रीस्टार्ट रिस्टार्ट करने के बाद आपका ऑडियो चालू हो जाएगा ऑडियो ड्राइवर आपका चालू हो जाएगा और इसी प्रकार आप सारे ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं वो चाहे ऑडियो हो वीडियो हो बाकी और भी जो आपके ड्राइवर्स होते हैं जो अपडेट नहीं होते हैं इस ड्राइवर के द्वारा आप सारे ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं तो वीडियो कैसे लगी